वजह से ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई अगर तू पैसा नहीं देगा तो तेरा फोटो के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे चार आज मैं आज आपको एक लालच इंसान को ले ढोबता है अब लालच मीन बहुत सारी चीज है और आज की डेट में दोस्तों में लालच की बात इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आज स्मार्ट दुनिया में स्मार्टफोन की दुनिया में फ़ोन तो स्मार्ट है लेकिन हम लोग स्मार्ट नहीं हो पाए हैं यानी कि दोस्तों आज कल की डेट में हम लोग फ़ोन नहीं चलाते हैं फ़ोन हमें चलाता है इस बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आज ये स्मार्टफोन की दुनिया में इंसान को लालच ने चक्कर लिया है चारों ओर से अब बोलेंगे कैसे दोस्तों आप देखेंगे आपके पास मैसेजेस आता है आपके पास लिंक्स आता है बोर्ड बहुत बड़ी बड़ी लिंक आता है आपके पास और लिंक का पहले लिखा रहता है या कोई थमलिन लिखा रहता है कि आप इसमें क्लिक करो तीन महीने का रिचार्ज फ्री अभी ये बात कुछ लोगों को पता है लिंक क्लिक नहीं करते लेकिन कुछ लोग ट्राई करके देखते अगर कर हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी आजकल की डेट में चैट्स आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कौन बनेगा करोड़पति जीत चुके 18 लाख 20 लाख 50 लाख तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित हो रहा है आज मार्केट में तो इसीलिए तो मेरा आपसे विशेष से सुझाव है कि आप कोई भी लिंक में क्लिक ना करें अगर आप वो व्यक्ति को पर्सनली जानते नहीं है पहला नंबर टू अगर आप किसी को पर्सनली जानते भी हैं फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये फालतू चीज़ है फाल बेफालतू इसमें आते नहीं की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे लिंक में भी आप क्लिक ना करें क्योंकि हो सके कि आपका दोस्त को पता ना हो अभी आप लोग बोलेंगे कि ये बात आप कितना कन्फर्मेशन के साथ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ जी हाँ दोस्तों मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमारी एक मित्र है <laughs> दोस्त है वेस्ट बंगाल उत्तर चौबीस बरगाना के हमारे मित्र हैं जिनके साथ ऐसा घटना घटित हो गया अब उनके पास रात नौ दस बजे ऐसा कुछ लिंक आया था तो उन्होंने क्लिक किया तो अचानक उनका फ़ोन जो था वो हैंग हो गया और फोन हैंग होने के साथ साथ उनका जितना कांटेक्ट लिस्ट था जितना फ़ोटो था मोबाइल में कुछ भी पर्सनल चीज़ें रहते हैं वो सारे के सारे उनके पास पहुँच गया जो है करें और अब वो बता उन्हें रात बारह बजे से ब्लैक कर रहा है कि भाई अगर तुम पैसा नहीं देगा तो तेरह फोटो के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तेरा मुंडी तेरा तस्वीर किसी दूसरे तस्वीर के साथ लगा के वायरल कर देंगे तुझे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पैसा आज नहीं तो कर कमाया जा सकता है पैसा आज नहीं तो कब आपको दिया जा सकता है लेकिन जो मान मर्यादा आत्म सम्मान है ना उसको खरीदा नहीं जा सकता अगर वो एक बार चला गया आना वो दोबारा नहीं आएगा तो इंसान सिर्फ एक चीज़ की वजह से चाहे हमारे वो भाई हो बहन हो सिर्फ एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो ये है दोस्तों सम्मान तो वही सम्मान की बातों में उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था तो फ़िलहाल उन्होंने डर के मारे आठ नौ हज़ार या दस बीस हज़ार ऐसे पैसे दे दिए हैं उन्हें लेकिन फिर अचानक हम लोगों ने हमारे साथ मित्र का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ हो पाया है क्योंकि मैं फ़ोन नहीं किया इसीलिए कि उनका नंबर हैक किया हुआ है तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मिला था उस इन्फॉर्मेशन के बिहार में मैं आप सभी के बीच वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर क्योंकि ऐसे मार्केट में आपका दोस्त का भी उल्टा सीधा चित्र उल्टा सीधा वीडियो भी आपको देखने को मिल सकता है तो डरिए मर घबराइए मर क्योंकि ये हैकार कर रहा है दोस्तों मैं आप सभी एक्तर को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई थोड़ा सा तो समझ जाओ जो एजुकेशन आपके पास है जो नॉलेज आपके पास है उसको सही जगह में तो काम पर लगाइए जनाब गलत जगह में क्यों लगा रहे हैं तो बाकी आप सभी लोग सतर्क रहें सावधान रहें ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग स्मार्ट की दुनिया में आप सभी लोग कि थोड़ा स्मार्ट हो जाए थोड़ा सीरियस हो जाए लालच बुरी वाला है लालच से दूर रहे क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी बात है कि मेहनत करके कमाया जा सकता है फोकट का कुछ नहीं मिल सकता अगर कोई लिंक भेज रहा है कि भाई लिंक में क्लिक करने से आपके अकाउंट में एक करोड़ रुपए आ जाएगा आप उन्हें कहिए जनाब एक करोड़ आप रखिए हम जैसे हैं वैसे रहने दी लिंक क्लिक करने से करोड़ रुपये कैसे मिल जाएगा तो साथियों बस मेरा यही कहना था आप सभी को मुझे उम्मीद है आप लोग सतर्क रहेंगे सावधान रहेंगे स्मार्टफोन की दुनिया में थोड़ा समान हो जाइए क्योंकि आज लोग आपको टोपी पहना रहा है आप टोपी मत पहनिए तो बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं मेरा बानी कहीं पे विराम देता हूं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय जय जै भारत जय करवे